सराम नमस्ते आ, हम हैं वारस बरार्स में बारासी साड़ियों और सूट का कलेक्शन हम आपको दिखाने वाले हैं यह है हमारा बारासी सूट देखिए आगे से भी कुछ ऐसा रहेगा सूट का ठीक है? है ये रेशम वर्क जो है डिज़ाइन पैटर्न सारा अलग अलग मिल जाएगा आपको पार्टी वीर टाइप का आपका दिखते हैं ये देखिए इसकी नया डिज़ाइन नया पैटर्न है ये इसका जो है टॉप है पूरा सूट जो होगा पूरे सूट की लंबाई देखिए पाँच मीटर की होगी पाँच मीटर का सूट है ये इसका देखिए टॉप है टॉप की लंबाई देखिए ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मोटी बनी हुई इसमें ठीक है कैरी पे है ये डिज़ाइन भी अच्छा है पैटर्न भी अच्छा है टॉप इसका इतना नंबर है ढाई मीटर टॉप इसका होगा ठीक है ये देखिए ये बॉटम का है बहुत हम देखिए इसका इतना रहेगा देखिए इसमें भी वर्क बहुत अच्छा बहुत ही महीन महीन डिज़ाइन बने हुए हैं महीन बोटी पे ये, ये देखिए इसमें देखिए कलर बहुत मिल जाएंगे कलर भी मिल जाएंगे इसके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं जैसे ये कलर हो गया एक कलर इसमें देखिए हो गया ज़्यादातर ये होता है कि छः कलर आते हैं ठीक है देखिए ये आपको इधर दिखाते हैं एक देखिए उसका डिजाइन सेम है ठीक है कलर थोड़ा चेंज है इसके भी हाइट मतलब इसकी भी लंबाई सेम ही होगी ये देखिए दामद है इसकी भी लम्बाई सेम होगी पाँच मीटर का दामर होगा आप लोग को चाहिए तो कभी भी आप कांटेक्ट करेंगे ठीक है देखिए और इसके साथ दुबट्टा भी आपको मिल जाएगा इसके साथ वो दुबट्टा भी होता है सूट के बीचों बीच में दुबट्टा भी रखा होता है दुबट्टा हमारा होता है ये वो मीटर पर ही दुबट्टा होता है दुभट्टे के लिए जो झाड़े वाले वर्क होते हैं इसको हम ऑर्डर करके बनवाते हैं ताकि आपके सूट की खूबसूरती और बढ़ जाए ये देखिए दुभट्टे की डिज़ाइन जो है दोनों साइड से ऐसा रहेगा इस साइड से भी ऐसा रहेगा और इसका देखिए ये बॉर्डर देखिए दुभट्टे का बहुत ही फैंसी लुक देगा ब्राइडल टाइप के हैं पार्टी हर का लुक देगा ये दोनों साइड से ही डिज़ाइन रहेगी आगे और भी और पीछे भी हैं इस साइड पर डिज़ाइन होगा दुपट्टे को उस साइड भी होगा बहुत ही फैंसिल रुकेगा सारे फंक्शन पे आप यूज़ कर सकते हैं पहन सकते हैं इसको पार्टी वेयर टाइप में भी है कैजुअल भी है ऑफिस वर्क वालों के लिए भी है फैंसिल रुपेगा इसका कलेक्शन देखिए ये डिज़ाइन बहुत सी है कलेक्शन भी बहुत है अंसल या एक डिज़ाइन के छः पीस होते हैं ठीक है देखिए सीम सट अभी ऐसा ही है <laughs> ये आगे ये देखिए इसमें एक डिज़ाइन और है कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा डिज़ाइन पैटर्न सब अलग होगा जो भी होगा नया डिज़ाइन आपको मिलेगा सबसे यूनिक पैटर्न मिलेगा ये देखिए इसका बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका लुक देखिए ठीक है सारे जो भी सूट है सब रेशन पे हैं और पहनने में बहुत ही कम्फर्टेबल होगा ठीक है इसकी, इसकी इसकी भी साइज़ देखिए सबकी पाँच मीटर ही साइज़ होगी ठीक है देखिए इसकी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लुक देगा ये देखिए फैंसी लुक है पार्टी वे अटैक में है हमारा ये नया है फर्स्ट वीडियो है तो आप लोग देखिए इसका डिज़ाइन कलेक्शन पार्टी वे अटैक और लुक देगा ये देखिए इसका इसका देखिए बॉटम है इसका ठीक है बॉटम की भी हाथ बॉटम की भी लंबाई देखिए पाँच साढ़े ये ढाई मीटर की होगी तो ये टॉप है इसका टॉप काफ़ी डिज़ाइन पैटर्न ऐसा ही होगा फैंसी लुक देगा पार्टी हुए टाइप में है ये देखिए इसमें एक कलर ये है सब के अंदर देखिए दुपट्टे सब में होंगे अवेलेबल ठीक है इसका डिज़ाइन ये भी ये देखिए बहुत प्यारे कलर हैं ऐसा कलर का कलेक्शन सिर्फ हमारे पास ही आपको मिलेगा एक कलर इसका ये है देखिए ये कलर है इसका दूसरा कलर इसका ये कलर ऐसा फैंसी लुक देगा आपको तो ये और जो भी चाहिए आप स्क्रीनशॉट ली कर लीजिएगा ठीक ली है हमको स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा या नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा ये देखिए एक इसका कलर ही कोई भी डिज़ाइन होगी उसके छह कलर होंगे सब फैंसी कलर होगा सारे इंग्लिश कलर होंगे अच्छा फैंसी लुक देगा मतलब है एक येलो पे है बहुत खूबसूरत सूट है फैंसी लुक देना आपको यही येलो पैटर्न बहुत प्यारा पैटर्न होता कलर भी अच्छा होता देखिए ये इसका डिजाइन कुछ अलग है हम इसलिए आपको खोल के दिखाना चाहेंगे ठीक है ये देखिए ये, ये इसका टॉप है देख रहे हैं टॉप का अलग ही लुक देगा ये टॉप ये देखिए पूरा ढाई मीटर है इसका टॉप ये देखिए ये बॉडम है बॉडम की गोतिया बहुत ही प्यारी गोती है फैंसी लोग पार्टी हुई में देगा कलर बहुत है अलग अलग डिजाइन है अलग अलग कह कर, कलर है जो भी आप कहेंगे वो आपको मिल जाएगा ठीक है सबके साथ दुबट्टे भी होंगे देखिए ये कलर बहुत प्यारा कलर है ये कलर देखिए ये, ये भी टॉप पे ही आपको दिखा रहा है टॉप से स्टार्टिंग सूट का ये इसका टॉप है यहाँ से डिजाइन बना हुआ बारी है बारीक बोटियों पे डिजाइन है फैंसी ये उपरेगा बटन देखो इसका डिज़ाइन देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये जो डिज़ाइन है ना ये स्पेशली ऑर्डर देकर डिज़ाइन बनता है नया डिजाइनर से और जब बनारसी सूट की बात आएगी तो इसके बारे में कुछ बताए नहीं ये देखिए ये भी अलग पैटर्न है कलर इसमें बहुत मिल मतलब छह कलर आते हैं जो कलर आप हैं वो मिल जाएंगे ठीक है हर दिन एक नया वीडियो मिलेगा आपको नई डिज़ाइन के साथ ये थोड़ा सा जूम करना इसका डिज़ाइन क्योंकि तो ये डिज़ाइन अभी आया नया डिज़ाइन होगा जूम करो इसका टॉप रहेगा ये बॉटम पर देखिए बॉटम में इतना लंबा लेंथ आएगा, यार ये सबको हो जाएगा जो फैट भी होंगे ज़्यादा फैट भी होंगे उनको भी हो जाएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे पाँच मीटर होते हैं इसके साथ आपको दुबट्टा भी मिलता है जो हमने दिखाया था वो दुबट्टा इसका ये देखिए ये दुबट्टा है इसका दुबट्टा तो बहुत प्यारा दुबट्टा है तो दुपट्टा क्या होगा कि आप सारे सूट पे चला सकते हैं किसी भी सूट पे इस कलर का कोई सूट होगा तो उसमें भी चला लेंगे क्योंकि तो बारसी दुबट्टे भी अलग से भी बिकते हैं बनारसी दुबट्टा अलग से भी बिक जाता है और मार्केट में तो बहुत अलग रेंज में मिल मिलता है थोड़ा हाई रेंज में हमारे पास आपको दुपट्टा भी अगर से लेंगे वो भी आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा प्राइस में ठीक तो कभी भी बनासी साड़ी या सूट चाहिए कॉन्टेक्ट करिए हमने स्टार्टिंग किया है सूट से ही आज ये देखिए उसके कलर हैं अलग अलग पैटर्न डिजाइन के कलर एक कलर ये है देखिए और यानी कलेक्शन हमारे पास बहुत है आप अगर हज़ार सूट का भी ऑर्डर करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा ये देखिए एक कलर ये है ये देखिए सब फैंसी कलर पार्टी है पार्टी का टाइप का देने वाले फैंसी कलर के सर ये कलर देखिए सारा कलर्स का कलेक्शन है इसमें कोई भी एक डिजाइन के छह कलर आपको मिलेंगे छह कलर ही बनते हैं और जैसा कलर चाहेंगे वैसा कलर भी मिल जाएगा आपको देखिए मोर कलेक्शन अभी कोई कस्टमर आया तो उसको लोग दिखा रहे थे डिजाइन ये है ये देखिए ये पहले से ही खोल के रखा हुआ था कस्टमर के लिए रखा हुआ था वो आए तो उनको दिखा दें देखिए ठीक है ये इसका टॉप है इतना सुंदर टॉप है बहुत ही फैंसी लुक देगा और पार्टी वेयर में तो है ही क्योंकि बनारसी है तो पार्टी वियर ही होगा और डेली भी यूज़ कर सकती हैं आप इसको और शाइनिंग इसकी जस की तस बरकरार रहेगी क्योंकि बारसी सूट और साड़ी में जहाँ बात आती है वहाँ क्वालिटी के बारे में क्वालिटी की बात ही अलग हो है। तो कभी भी आपको बनासी सूट या साड़ी चाहिए तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है और कांटेक्ट नंबर भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप कांटेक्ट करें हमसे और लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम और एक ऐसी भी ऐसी वीडियो बनाते रहें आप लोग तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचा दें ठीक है थैंक यू